मिल कर रसिया जमनावे प्रेम दिवानी गोचरिया के साथ रास रचावे सात गोजना कर सोड़ा शिंगार जमुना तट पर आगे गुजरा तरसोड़ा शिंगार अरे मुरलियों पर घूम गोजन